अबे मेरी वॉच कहां गई शायद मैं बाहर ही भूल गया अबे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था अगर वो से गलत तो मैं पड़ गई तो चलो जब मैं जाऊंगा वापस ले लूंगा मुझे तो यहां से जाना चाहिए वॉच ये किसकी है चलो देखता हूं चलती भी है यार लेकिन यार हमारे संस्कार ऐसे नहीं दूसरे की चीजें उठानी नहीं चाहिए वापस तो रख देता हूँ पे ये कहां पे आ गया मैं तो ऋषभ के घर पे जा रहा था ना तो यहाँ पे कैसे आ गया आस तो पास यहां पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अबे मेरी तो जान ही निकल गई यार अबे ये मेरी जान नहीं है अबे ये तो क्लिप है यार अच्छा ये मेरे बैग में था और मुझे अब पता चला लगा लेता हूं लेकिन मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं हूं कहां पे? मैं तो रिसभ के घर पे जा रहा था और जैसे ही मैंने उस घड़ी को छुआ मैं यहां पे आ गया अच्छा आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है यार आसपास देखता हूं कोई ना कोई तो दिखेगा अबे भे मैं कौन सी जगह फंस गया हूं यार यहां से कोई निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा मुझे और ना कोई इंसान दिख रहा यार। है यार किसी जगह यार मंगल ग्रह पे आ गया हूं क्या लेकिन मुझे कैसे भी ढूंढना होगा यार कि मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं अगर मैं यहां पे हमेशा के लिए फंस गया तो, तो नहीं कभी ऐसा नहीं होगा होना भी नहीं चाहिए तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा अब मुझे वहाँ पे कोई घर दिख रहा है वहाँ पे जाता हूँ क्या पता कोई ना कोई उसके अंदर हो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, यस अब तो मैं बाहर निकल के ही रहूँगा हाँ जो बोलो क्या हुआ आप कुछ आवाज आ रही है अंदर से लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं मैडम और पास जाना पड़ेगा। जो भी कहा था वो सब हो चुका है, है। है है। बस बस अब ये मैसेज जिम के पास पहुंचाना अच्छा। अंदर पठान टोकी शूटिंग चल रही मैं भी इस इस के लिए है? यस मैडम, थोड़े इंपोर्ट कराना बाकी है हाँ ज़ोंबी, इन के के मिलने के बाद हमारी टीम और भी मजबूत हो जाएगी और हमारे जीतने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी हो वो तो मुझे जब मिलेगी जब मेरा वायरस पूरी दुनिया के लोगो को तड़पा तड़पा क्या मारेगा तब मैं खुश हो जाऊंगी और ये मेरे लिए तुम करोगे <laughs> हाँ। हाँ, मेडम लेकिन क्यों यार बदलाव हाँ अब तो मुझे इंतजार है बस चौदह अगस्त जिस दिन हमारी मिसाइल लॉन्च होगी हा मैडम और पहला निशाना होगा इंडिया का एमपी मध्य प्रदेश क्या पूरे एमपी में ये लोग अपने बदले के लिए पूरे एमपी को मुसीबत में डालने वाले हैं नहीं मुझे अभी हिम्मत रखनी होगी मैं अभी डर नहीं सकता के के अब मैं आपसे मिशन बाद ही मिलूंगा। इनका प्लान कितना खतरनाक है मुझे ये मनीष को बताना होगा जल्दी लेकिन कैसे सबसे पहले मुझे यहां से बाहर निकलना होगा नहीं तो मुझे देख लेंगे ये लोग जल्दी भैया भैया भैया मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज लेकिन इसकी बुक के सामने मेरी बुक कुछ नहीं है मैं इसे खाने को दे देता हूँ मैं बाद में देख लूंगा थैंक यू भैया इतना अच्छा लगता है चलो और कुछ देखता हूँ okay. क्या करूँ यार मैंने अपना खाना तो उस बच्चे को दे दिया जल्दी, जल्दी मनीष को फोन लगाना होगा कोई देख तो नहीं रहा है मुझे कौन अच्छा फ़ोन है। जल्दी फोन उठा मनीष प्लीज जल्दी उठा यार बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे नहीं तो हम ये फोन लगा रहा है? रहे जल्दी उठा किसको अबे अबे अबे फोन को उठा तो लिया अबे अबे तू मेरी बात सुन यार सबसे पहले है वो तो। ये अभी, अभी अभी आई है और नई मुसीबत है तू तो समझना यार वो फिर तो नया है यार चल बता बता ठीक है भाई तू सुन मेरी बात देख अभी अभी मैंने ना कुछ लोगों की बात सुनी है जो बोल रहे थे कि वो चौदह अगस्त को एमपी में मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं अबे ये तो अच्छी बात है इसमें टेंशन लेने की क्या बात है उनको बोल साथ में आप मनीष चैन को भी लॉन्च कर दो अबे ये मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है क्यों एप्पल की है क्या अभी नहीं नहीं, नहीं। अच्छा सैमसंग की है अबे ये वायरस की मिसाइल है वायरस कोई नई कंपनी है क्या मैंने नहीं सुना इसके बारे में अब हाँ यार मैं सच बोल रहा हूँ यार मैंने अपनी आंखों से सुना है और कानों से देखा है यार क्या अब यार तू छोड़ना यार अच्छा अच्छा चल तू छोड़ तो ये बता तू भी है कहां अब ये तो मुझे नहीं पता यार मैं इस जगह को जानता नहीं हूँ यहाँ पे पहली बार आया हूँ मैं और यहाँ पे कैसे आया हूँ मुझे ये भी नहीं पता मतलब मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ मैं जैसे ही रिषभ के घर जाने वाला था मुझे वहाँ पे एक घड़ी मिली और जैसे ही मैंने उस घड़ी को छुआ मैं एकदम से यहाँ पर आ गया क्या एक घड़ी से तो वहाँ पहुँच गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी और मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है अच्छा वो घड़ी अभी कहाँ है हाँ अभी भी वो घड़ी वहां पे पड़ी है हाँ ठीक है रुक मैं भी आता हूँ ठीक है ठीक है तो जब तक मैं लोगों पे नजर रखता हूँ और इनका प्लान क्या क्या है मैं देखता हूँ ठीक है ठीक है ये क्या चीज है यार इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है और किसी को कानो कान तक खबर भी नहीं पर कैसे करूंगा यार मैं सब सबसे पहले मुझे वहां जाना होगा देखना होगा कि असली में क्या हो रहा है कितने खतरनाक लोग हैं मुझे कैसे भी इन लोगों के सामने जाने से बचना होगा ये है कौन और ऐसा क्यों करना चाहते हैं को बताऊं मैं ये बात एक इंसान है जो मेरी हेल्प भी करेगा और मेरी बात भी सुनेगा अन्नी तो चिंता मत करना मैं आ रहा हूं